फूटफुट के रोहतिया माल हर जब से आय बनी बहरा में फूटफुट के रोहतिया माल जब से आय बनी बहरा में आ कहतिया के दिल बोसल तहारा में एक कर एजाज दशहरा में मन